मरिया जिले में पानी में स्टंट कर रहा पुलिस का एक जवान बह गया बताया जा रहा है ये करते हुए वीडियो बहने का एक वीडियो सामने आया है इस वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है की जवान स्टंट कर रहा था और अपने स्टंट का वीडियो बनवा रहा था वीडियो में दिखाई दे रहा है की पुलिस का जवान नदी के बीच में बने डैम के ऊपर चहलकदमी कर रहा था इसके बाद वह तेज धारा में छलांग लगा देता है छलांग लगाने के काफी देर बाद तक पुलिस जवान दिखाई नहीं पड़ता लेकिन कुछ क्षण बाद ही वह दो तीन बार ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है और उसके पश्चात उसका कहीं पता नहीं चलता जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं शुरू में इस मामले को लेकर यह बात सामने आई थी कि पुलिस के जवान ने नदी में कूद आत्महत्या की है लेकिन जिस तरह से वीडियो तैयार कराया गया है उसे देख नहीं लगता कि पुलिस के जवान ने आत्महत्या की है वीडियो से साफ समझ में आ रहा है कि वह स्टंट करने के लिए नदी में गया था और इस तरह उसने अपनी जान गवा दी हालांकि अभी तक जवान का शव नहीं मिला है लेकिन गोताखोर और अन्य लोग उसे तलाशने में जुटे हुए हैं राज्य आपदा प्रबंधन की टीम बारिश कम होने का इंतजार कर रही है